प्रदूषण आज हमारी करीबन सौ फीसदी जनता प्रदूषित हवा में सांस ले रही है ये किसी भी भी इंसान के के लिए लिए हानिकारक है और और हमारे हमारे बच्चों के लिए और भी। अधिक अनावरण से फेफड़ों में खतरनाक बीमारियां फैला सकते हैं और हमारे बच्चों की आयु को भी दिन ब दिन कम कर रहे हैं 2019 में एक लाख से अधिक बच्चों ने अपना एक साल का जीवन भी नहीं जिया क्योंकि वो इस महामारी के शिकार बन गए और हर साल इस संख्या में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। WHO द्वारा जारी किए गए दस्तावेज में यह बताया गया है कि 50 माइक्रोन से ऊपर की पीएम पार्टिकल्स एक साल में तीन से चार दिन से ज्यादा होने से एक इंसान को तकलीफ हो सकती है हम कभी भी इस मात्रा तक पहुँच ही नहीं पाते हैं क्या हम अपने बच्चों को दिल खोल के सांस भी नहीं लेने दे सकेंगे अब ऐसा नहीं होगा। हम आपकी इस दुविधा का हल लाए हैं। एयर ग्रिड वर्क से आप अपने शहर में वापस स्वस्थ हवा में सांस ले पाएंगे प्रदूषण के ज्यादातर कण सर्दियों में 50 मीटर के अंतर्गत जमा हो जाते हैं जिन्हें हवा से अलग करना मुश्किल हो जाता है इसका समाधान हमारे इस पेटेंटेड ग्रिडवर्क के द्वारा किया जा सकता है। है। एक फैन की तरह सारे कणों को हवा हवा से खींचकर आपको पूरे शहर में स्वस्थ हवा पहुंचाने का दावा रखता है। और इसके इस दावे को अंतरराष्ट्रीय जांच केंद्र ने सहयोग दिया है ये ग्रिडवर्क इंडस्ट्री 4.0 पॉइंट टेक्निक को फॉलो करता है जिसके कारण ये हवा और प्रदूषण के प्रकोप के अनुसार अपने सारे टावर्स में में गति परिवर्तन ला सकता है। है, यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स गोल्स हैं, जिनमें से 13 को पूरा करता है, जो कि वातावरण, सामाजिक और अर्थव्यवस्था के लिए बनाए गए हैं तो क्या आप अपने शहर को वापस सांस लेने देना चाहेंगे आइए साथ मिलकर ये एयर प्योरिफाइंग ग्रेडवर्क से हमारे राजस्थान के लोगों को वापस खुली हवा में सांस लेने का मौका दें